सोडा परसीदा सोडा सिदा इट्स कम लाइक रिलैक्स छोड़ देंगे इजी छोड़ दीजिए स्टे फ्री ओ इजी ये सांस लेंगे छोड़ेंगे एक बार 들고 계시지 않을까? 우선 알바 이 근데 지 않을까? देखिए महसूस कर रहे इसी ट पकड़ी है मैं समझ। अंदर खींची है दूसरी टांग ये दिख रहा है मुझे ये टान अंदर की तरफ जा रही है और टाइप भी दोनों ही चीज टाइट है बट ये हेल्प भी बहुत ज्यादा टाइट है ये वाली एक्सरसाइज आप दिन में दो तीन बार जरूर करें इसके साथ दोनों टांग दोनों टाइग मोड़ लो दो तीन तीन बार करनी है एक पाओ सीधा कर लो इसको और ये हाथ घुटने के नीचे रखो हाँ और ये पाओ को ऊपर की तरफ ले जाओ ऊपर की तरफ और घुटना सीधा करने की कोशिश करो गर्दन ऊपर रखो और नीचे रखो ये नीचे खिंचा हुआ है नहीं? इसी को खींचना है पंजाब पंजाब दोबारा इसको भी भी हैं तो हाँ, आप मैं आपको दिखा दूंगा सीधा कीजिए अब आप देखेंगे दोनों टांग से ऊपर उठा लीजिए और मिलाने में दूर रख लीजिए आप ये देखिए ये टांग अंदर की तरफ तिरछी जा रही है दिख रहा है इस टांग के कंपरेचर में इस पे जोर भी सबसे ज्यादा इसी तरफ आ रहा है तो सारा जोर इसी तरफ यहां पे जमा तो पड़ तो तो रहा, रहा है उसी वजह से सारी चीजें दिक्कतें आ रही है एक और एक्सरसाइज करूंगा आपको दोनों को मोर लीजिए अब इन टंग दूर रखना है आपको याद रहेगी जो मैं बता दो अब इस को घुटना करो। करो। बेट से टच हो जाता है आदमी का टच तो क्या टच होने से एक फुट एक फुट ऊपर ही रुक रहा है इस पे करेंगे अब इसको देखिए ये तब भी आप खींच पा रहे हैं उस तरफ आप नहीं खींच पा रहे हैं बहुत जी चलो अब तो होता है और ओके आज ये के, के लिए इतना बहुत है एक को दो दो तीन तीन बार बार दिन में में अभ्यास कीजिएगा इन सुबह इनसे इन यानी कि आपके सर्कुलेशन ठीक रहेगा खून का प्रभाव ठीक रहेगा लेकिन इस प्रॉब्लम से कुछ हाँ। हाँ। भी नहीं है जैसे मैंने अभी बताया मोड़ के एक दूसरे को दबाना वो करना है ताकि ताकि पूरी मुड़े ठीक, ठीक है।, ये ये है तो कर है। है। तो किलो ले लीजिए आप ले लीजिए क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा है ऐसे दर्द में आप ना रहे अगर जल्दी ठीक हो जाएगा तो आपकी मूवमेंट और तो दूसरी चीज़ चालू हो जाएगी।